जब कोई आदमी कराटे मार रहा होता है तो उस टाइम सपने नहीं देख सकता फैक्ट नंबर टू अगर कोई इंसान आपको कहता है कि उसे सपने नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सपने भूल चुका है फैक्ट नंबर थ्री एक आदमी मैक्सिमम रात में चार सपने देखता है और एक साल में एक सपने देखता है फैक्ट नंबर फोर आपको कभी भी याद नहीं रहेगा कि आपका सपना कहाँ से शुरू हुआ था फैक्ट नंबर फाइव आप जागने के बाद अपने आधे सपने और 10 मिनट के बाद 90 परसेंट सपने भूल जाते हो इसी अमेजिंग फैक्ट के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हो